तो चलने का समय होगा के जमीन देखते हैं हैं चल चल बॉस करो चले चले जमीन देखने चलते चल है ना अपने पास ना हो और ये था ना ये यार और था चल बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया घूमते हैं पहले जमीन देखते हैं अपनी है बहुत चलो इधर से चलते है आ जाए बच्चे को क्या होगा हारना यही है ना बहुत बहुत है तो चलो घूमते हैं पूरा जंगल तू आगे आगे चला तो चला यार मोहित समझ इधर कितना घना जंगल है ना आगे। आगे। आगे। अपनी ही जमीन है। तो है। भाई मेरे पास तो अबे तू आगे आगे चल। की तो तो तो तो और मोहित आज आगे आगे इधर घूम लेते हैं एक बार इधर क्या चीज है जानवर लगता है तो आप ज्यादा ना ना. तो तो ना ना आपकी चीज़ तो है है जमीन घर बन जाएगा डरा होगा यार चकलू उधर के जमीन तो सही है लेकिन डर लग रहा है ये इधर क्या क्या है इधर क्या चल रहा है एक क्या चीज है चलू लगता है मरीज तो पता है। नहीं बॉस। बोल किस चीज की मनी है चलू तो किसी वाह को भा किसको पकड़ा भूत पकड़ लिया पड़ेगा पड़ इसको। बाबा की कुटिया किधर गई यार पकड़ पकड़ बाबा की कुटिया किधर गई इसको पकड़ के रख बाबा की कुटिया किधर चली गई इधर ही कहीं था वहां पे है बाबा उधर लगता है कोई बैठा है उसको बुलाते हैं इसको ले चलते हैं पहले और लोरे क्या है यही कहीं बड़े बाबा रहते हैं भूत भगाते हैं वो किधर मिलेंगे रुको मैं आता हूँ चुम्बा दे बड़ा मानकारा दो सारे आ बाबा बाबा मिले बुला रहे हैं चल चल इसको लेके उधर चलते हैं उठा के चल बहुत तगड़ा वाला भूत है चल बाबा के पास पहुँच गया है बैठा इसको। है इसको यही है बाबा यही है, हाँ है। परेशान कर दिया है हम लोगों का दिया है रात से कम से कम यही है। अच्छा जाबा। चलो ठीक है आ जाता हूँ तो कौन है हाँ। ठीक आ आ ये चले किया नरावा सिनरावा ओ क अमरतनी ओ भाग भसा ओह नो ला ला ला ला नो इत आ तो वा को क्ले चमूंडा नमो ए ए ए That, that चला ये <try try |translate|> <fan> कहां तो, oh, no. इसको पे oh, yep. था उता yep. दे दे पे तो अभी हम बताते हैं इसको। है ले के ले चल अड्डे पेड़ अड्डे पे उरा पा दे छू अंतर मंतर नेवरा छू छू का झार दे झारखंडे से मन बुलाओ बुलाओ अंतर को देख ये जा, था नरवा का चुम लिया चलवा ये लगा था ना, था ना। एक एक चलवा चलवा है अरे हाँ। <सक्षिण> चल चल के तो तो तो तो तो रहा रे कहा ही रे <cherche> <risque> रे आजा जा जा जा। जो जो जो बुला दोनों था था के दो। जो अरे का बात बा गुरुजी अरे, अरे तो था था। था था था ये के पकड़ ये तो रहेगा बड़ा खतरनाक अरे पकड़ के चाप देते चला, चला मेहरा चाप दे अरे सारे चाप दे तो कहता चाप दे छाप -हाँ दे चार दे। आय दे, दे। आ <स्तिस्तिति> अरे सारे तो छोड़ के भाग ले रे अरे सारे रेसा रुक तू और हम कना उ या हम ने आ गए आ गए आ मैलिक आ काउन भउत रहा काउन भउत कामन भउत खरीद तो बर्बाद कर